Oh, oh, oh. तो हेलो एवरीबॉडी कैसे हैं आप सब आई आईओप अच्छे होंगे मैं केपी पी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं देख सकते हो ये है स्टैंड पैरीफिरल एक्सप्रेस वे जो कि हमारे डेली एनसीआर को सर्कल है पूरा दोस्तों आज मैं यहां से दिखाने वाला हूं आपको मुरादनगर आर आर के स्टेशन तक का व्यू कितना कुछ उस बीच में बर्क कम्प्लीट हुआ है क्या क्या चल रहा है अभी तो वो सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा दोस्तों तो देख सकते हो अभी इस पर इलेक्ट्रिसिटी के खम्भे लगाने के बाद में ओवरहेड हेड लगा दिया है अब इस पर ओ एच बायर देखो लगाई जा रही है एक साइड में दूसरी साइड में अभी वर्क चल रहा है दोस्तों तस्वीरें देख सकते हो और इस पर ट्रैक पहले ही बिछा दिया जा चुका था जैसे जैसे हम मुरादनगर के करीब पहुंचेंगे तो वहाँ पर ट्रैक बिछाने का काम चल रहा है दोस्तों और मुरादनगर से मोदीनगर के बीच में उधर भी ट्रैक बिछाया जा रहा है दोस्तों तो आप सभी ने पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैंने साहिबाबाद से लेकर गाजियाबाद तक का मैंने दिखाया था तो आप लोगों को कैसा लगा कल की वीडियो में मैंने दिखाया था आपको गुलडर से ले और दुहाई के बीच में दोस्तों तो आप सभी बताना कि आपको बता दो दोस्तों के प्रायोरिटी जो सेक्शन है 17 किलोमीटर का रूट उसमें अगले महीने से रैपिड रेल चलना स्टार्ट हो जाएगी और आपको बता दूं कि दुहाई से लेके और मेरठ के बीच में ये सन दो में चलाई जाएगी दोस्तों और जो इसका शुरुआत हुई थी दोस्तों 8 मार्च 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी और आप लगा लो कौन सी साल चल रही है क्योंकि अब तक ये कंप्लीट हो जानी थी क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ये जो कोरोना आ गया था उसकी वजह से काम स्लो हो गया बंद पड़ा रहा एक साल तो बंद ही रहा पर उसके बाद में चलना स्टार्ट हुआ तो इसलिए इसकी डेट आगे बढ़ा दी गई है दोस्तों जैसा कि ये पहली बार हमारे भारत देश में चलाई जा रही है दोस्तों पहली बार जो कि डेली के सरायकाल खान से इस्टार्ट होती है और ये मेरठ के मोदीपुरम तक इसका रूट है दोस्तों और आपको बता दूं कि ये जो कॉरीडोर बनाया जा रहा है ये बयासी किलोमीटर का कॉरीडोर है दोस्तों जिसमें से सत्रह किलोमीटर का पार्ट लगभग कंप्लीट ही हो गया है और अगले महीने में इस पर रैपिड रेल दौड़नी स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों तस्वीर आप लोग देख सकते हो क्योंकि अभी जो डिवाइडर बनाने का काम था वो भी कर लिया जा चुका है अब इसमें प्लान्टशन की जाएगी जो बीच का डिवाइडर है उसमें पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, यही बार्क रह रहा है बाकी तो डिवाइडर बना दिया है मिट्टी भी डाल दी है इन्होंने और ऊपर का देखो ऊपर की बात की जाए तो जैसे मैंने स्टार्ट किया था तो वहाँ पर इस पर ओ एच लगा दी थी लेकिन इधर अब लगाई जा रही है तस्वीरें तो देख सकते हो जैसे जैसे मुरादनगर के करीब पहुँचेंगे वैसे वैसे यहाँ पर ट्रैक बिछाने का भी काम चल रहा है दोस्तों जो ट्रैक स्लैब हैं पहले वो बिछाए जाते हैं फिर उसके बाद में इस पर ट्रैक बिछाया जाता है और आगे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि मुरादनगर के मुराद स्टेशन पे क्या क्या वर्क अभी चल रहा है इस टाइम पे प्रेजेंट में और कितना बन के कम्प्लीट हो गया क्या क्या वर्क चल रहा है वो आप सभी को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा दोस्तों तो ये आ चुका है देख सकते हो मुरादनगर का आर का स्टेशन गाइस तो आपको बता दो देख सकते हो जो ऊपर प्लेटफॉर्म लेवल का जो काम है उस पर फ्लोरिंग करके और इस पर फ्लोरिंग कर दिया जा चुका है अब इस पर जो पत्थर है वो बिछाया जाएगा मार्बल और इसका जो कौन लेवल है वो पहले ही बन गया था तो यही वर्क है अंदर से इस पर पे पेंट भी किया जा रहा है दोस्तों इस पर पे डेंट पेंट किया जा रहा है अंदर से और इसमें एक्सीटर और इसके स्टेयर्स इस बनाने का काम चल रहा है और इसमें जो आपको बता दूँ मार्बल है वो लगाया जा रहा है तो अभी यही वर्क चल रहा है यहाँ पर मुरादनगर के स्टेशन पर दोस्तों तस्वीरें आप लोग देख सकते हो अभी फिनिशिंग का भी काम चलेगा और इसमें एंट्री और एग्जिट पॉइंट भी बनाए जा रहे हैं इसमें दो ही एंट्री एग्जिट पॉइंट होने एक लेफ्ट हैंड पर दूसरा राइट हैंड पर तो दोनों आधे आधे बन कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों तस्वीर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कितनी कंक्रीट पड़ा हुआ है जो कंस्ट्रक्शन का सामान है वो चारा यहाँ पर पड़ा हुआ है दोस्तों तो आप लोग देखो देख हम है। है। है। आ चुके हैं मुरादनगर आरआरटीएस के स्टेशन पर दोस्तों देख सकते हो कंस्ट्रक्शन पार्क अभी तेज़ी साथ में चल रहा है और इधर एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाने का काम चल रहा है दोस्तों तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ देखो कितनी बाहरी पार्कों में मशीन है दोस्तों ये देख सकते हो तो अभी सेकेंड फ्लोर की फ्लोरिंग का काम कर लिया जा चुका है दोस्तों देख सकते हो ऊपर जो प्लेटफॉर्म का काम है वो किया जा रहा है अभी इस टाइम पे और इधर ये एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाया जा रहा है दोस्तों ये देख सकते हो ये एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाने का जो काम है वो किया जा रहा है दोस्तों कुछ इस तरीके से ये बनाया जा रहा है एंट्री एग्जिट पॉइंट दोस्तों देखो और देखिए इसका फाउंडेशन का काम किया जा रहा है तो देख सकते हो सेटिंग लगी हुई है अब इसमें कंक्रीट का मसाला भर दिया जाएगा तो अभी देख सकते हो दोनों में ही उधर का भी इधर का भी। तो कुछ इस तरीके से बनाया जा रहा है और वहाँ से ये जोड़ा जाएगा उस साइड से तो ये है मुरादनगर आरआरटीएस का इस्टेशन दोस्तों जो कि आपको बता दूँगा जो अंदर इस्टेसन के अंदर का काम है पेंट का वो कर लिया जा चुका है ऊपर का काम किया जा रहा है प्लेटफॉर्म लेबल के लिए दोस्तों तो यही है कंस्ट्रक्शन वर्क और आप लोग बताओ कि आप सभी को ये वीडियो कैसे लग रहे हैं देख सकते हो ये के पी संत लाता रहता और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता तो कुछ इस तरीके से ये आपको बता दूं उधर तो खम्बे स्टील के जो खम्भे हैं वो और टाइप के इधर कुछ और टाइप के लगाए जा रहे हैं वो देख सकते हो वहाँ से इस्टार्ट हो चुकी है खम्बे लगने जो ऊपर का सैड बनाया जाएगा प्लेटफॉर्म लेवल का जो सेड है वो देखो वो लगने अब स्टार्ट हो गए हैं तो यही वर्क है सारे में ही कंस्ट्रक्शन ही वर्क आप लोगों को दिखाई देगा कंस्ट्रक्शन का सामान ही तो अभी इधर तो टाइम लगेगा कि सन 2025 में चलाई जानी है और आपको बता दूं यहां पर ये एक्सीटर भी लगा दी जा चुकी है येलो कलर में उसके साइड में है सीढ़ियाँ दोस्तों स्टेयर्थ देख सकते हो तस्वीरें और उधर बनाया जा रहा है एंट्री एग्जिट पॉइंट तो उधर भी आप लोग देख लो कि उधर भी अभी जो उसके पिलर हैं वो बनाए जा रहे हैं तो पिलर अभी नहीं बने उस साइड में देख सकते हो वो चमक रहा है तो ये है मुरादनगर का स्टेशन कुछ ऐसा आरआरटीएस आर का दोस्तों आप लोग बताओ कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत के चैनल पर जाओ और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कॉमेंट करो दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना तुरंत बेलाइकन बजा देना चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो के संत के चैनल पर दोस्तों कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो दोस्तों नीचे कमेंट करके बताओ तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय जय हिंद जय भारत गाइस मिलते है किसी नई वीडियो के साथ में आप सभी से